वाट इज यू फॉर लूप फॉर लूप कैसे यूज होता है इसी लैंग्वेज में आज हम देखें देखेंगे द फॉर रूप इज यूज टू देंट और ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम सेवरल टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट पार्ट ऑफ में इट इज यूज टू ट्रेवल्स द डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक द आरे आरे की तरह डाटा स्ट्रेक्चर होता है इसका सिंटेक्स देखते हैं हम लोग फॉर एक्सप्रेशन वन इंसलाइज एक्सप्रेशन टू को condition checking, expression से increment इंक्रीमेंट decrement operator यूज होता है इसमें उसके बाद code two भी execute statement execute कर दे रहा है फ्लो स्टार्ट अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कर अगर फॉल्स हो तो वार आ जाएगा अगर कंडीशन सही हो तो एक्जीक्यूट करता रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है